हेलो दोस्तों आपने YouTube के बारे में तो सुना ही होगा कि YouTube पे कुछ भी सर्च मारो बड़ी आसानी से हमें मदद मिल जाती है क्या आपको एक बात पता है कि YouTube तीन कंट्री में बैन है हाँ दोस्तों YouTube तीन कंट्री में बैन है जिसमें पहला नंबर आता है ईरान चाइना तुर्कमेनिस्तान क्या दोस्तों ये आपको पता थी अगर नहीं पता होता तो लाइक एंड कमेंट करें ऐसी वीडियो